प्रिय दर्शकों क्या करती है हमारे जातक है पूरे दिन को शुभ बनाने के लिए क्या ऐसा दिव्य प्रयोग करें कि शुभता में वृद्धि हो आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आपके भीतर उपस्थित ईश्वर को साक्षी मानकर अः उनको प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों से अनुमति लेना चाहता हूँ पंचांग क्या कहता है आज का राशिफल क्या कहता है दिव्य प्रयोग क्या है बने रहिएगा विस्तार से हर एक बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे दर्शकों बताना चाहेंगे कि हमारा इंदौर का जो है दौरा 20 और 21 तारीख को है तो यदि आप लोग भी मध्य प्रदेश या इंदौर के आसपास के क्षेत्रों से हैं तो आप लोग मिलकर अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं इस वीडियो को आप लोग जमकर शेयर करिए देखिये दिव्या मिश्रा जी जुड़ गयी है तो नमस्ते बहन जी कैसी है आप और किरण पटेल जी हैं विक्रांत जी हैं तमाम हमारे दर्शक लाइव में जुड़ जाते हैं और लाइव राशिफल की एक खास बात यह है कि रात्रि 10 से 11 के मध्य आप लोग जब फोन करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस के आधार पर हम आपको एक प्रश्न का उत्तर देते हैं वो भी बिल्कुल निशुल्क किसी प्रकार का उसमें शुल्क नहीं लगता है चलिए आज के पंचांग पर हम जो है दृष्टि डाल लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है चूंकि देखिए शनिवार दिन रहेगा और तेईस तारीख रहेगी तो सूर्य दिन दो मार्च 2019 शनिवार और सूर्योदय होगा देखिए ऋतु है सख संबत्त उन्नीस सौ चालीस विक्रम संबत दो हजार पचहत्तर इस समय जो संवत्सर चल रहा है सख संबत्त में विलम्बी चल रहा है और विक्रम संबत् में विरोधकृत नामक संवत्सर चल रहा है और चैत्र मास है कृष्ण पक्ष है जो तिथि रहेगी तृतीया रहेगी रात को बाईस बजकर बत्तीस मिनट तक चतुर्थी तिथि लग जाएगी नक्षत्र रहेगा चित्रा और योग की डाल जो बता देते है कि कौन कौन से ग्रहों के गोचर क्या क्या कह रहे हैं तो देखिये सूर्य मीन राशि में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल वृषभ राशि में आ चुके हैं बुद्ध इस समय अस्त भी हो गए हैं वक्री भी है और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं गुरु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं उदित है शुक्र कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं शनि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ शनि और केतु जो है धनु राशि में गोचर कर रहे हैं राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और आज यदि हम दिशा शूल की बात करें तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि आपको यात्रा करनी हो तो आप लोगों को जो है अच्छे से अदरक या तो चाय पी करके निकलिए अदरक का या तो सेवन करके निकलिए तो तब यात्रा आप करिएगा अदरक का सेवन करके राहु काल की चलिए बात कर लेते हैं तो सुबह नौ से दस बजकर तै तिरपन मिनट तक की काल रहेगा और जो राहु काल आ, का वास रहेगा या पूर्व दिशा में रहेगा और शुभ कार्यों को चलिए हम बता देते हैं कब करिएगा शुभ कार्यों को करने का एक विशेष मुहूर्त रहता है और इस मुहूर्त में यदि आप किसी भी शुभ कार्यों को करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका काम उसमें कहीं ना कहीं से बनेगा ही बिगड़ेगा बिल्कुल भी नहीं तो शुभ कार्यों को करने के लिए आप विजय मुहूर्त में कर सकते हैं और जो ये विजय मुहूर्त रहेगा बारह तैतीस से बारह सत्तावन के मध्य रहेगा दर्शकों देखिए हमने कल भी आपको बताया था कि तृतीय तिथि जो रहेगी उसमें नमक का सेवन और नमक का दान इन दोनों की हमारे शास्त्रों में मनाही रहती है तो इससे आप लोगों को बचना है चतुर्थी तिथि जो आती है चूंकि रात्रि में लग जाएगी लगभग साढ़े के बाद तो चतुर्थी तिथि को मूली का दान तथा तो मूली का भच्छर करना खाना चाहे वो आप सलाद में लें या सब्जी में लें या साग में ले हर प्रकार से दर्शकों देखिए मनाही होती है तो चतुर्थी को मूली या तिल सफेद तिल खास करके जो होता है इसका दान और भच्छर दोनों की ही मनाही होती है तो इससे आपको बचना चाहिए शनिवार दिन रहेगा तमाम लोगों की शनि की ढैया चल रही है ऐसे करना चाहिए क्या करके निकलना चाहिए तो प्लीज इस पर एक लाइक तो बनता है और आप लोग प्लीज कमेंट करिए और यहीं से आप इस वीडियो को शेयर करिए आपके व्हाट्सएप के या फेसबुक के जितने भी पेज हैं ग्रुप है उसमें आप लोग वायरल करिए मेष राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा आज का दिन पूर्वार्ध में प्रत्येक कार्य उत्साह से आज आप करेंगे धन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति भी आज आपकी होती हुई दिख रही है मध्यान्ह पश्चात स्थित आपके कुछ विपरीत होने से महत्वपूर्ण कार्य के वादे पूरे करने में कुछ आपको बाधा आएगी समय समय पर आज हर एक टास्क आप पूरा करते हुए दिख रहे हैं अतिरिक्त कुछ खर्चों का वाहन आपको करना पड़ सकता है शाम के समय किसी मनोरंजन में आप शामिल हो सकते हैं घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं आपके जो है पॉकेट पे आपके बजट पे कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त खर्च होता हुआ दिख रहा है किसी भी प्रकार के लोभ में मत पड़िएगा और पारिवारिक वातावरण आज स्थिर रहेगा सेहत भी ठीक रहेगी आज करना क्या रहेगा उपाय तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग चांदी के गिलास में सेवन करिए और शिवलिंग पर आज आपको तिल के तेल का जो है अभिषेक करना रहेगा उसके उपरांत तो के के तो हानि को भी लाभ में बदलने का सामंजस्य रखते हैं आज आपका दिमाग आर्थिक विषयों में ज्यादा गतिशील रहता हुआ नजर आएगा नौकरी व्यवसाय में किसी स्त्री के सहयोग से लाभ होगा महिला वर्ग से व्यवहारिक रहे और कुछ आज प्रतिस्पर्धी आप लोगों को परास्त जो है करने की भावना रखेंगे लेकिन आपके भुजबल से आपके सूझबूझ से आपके बुद्धिबल से आपके शत्रु परास्त होते हुए नजर आएंगे विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी छोटी यात्राओं के देखिए लोग बन रहे हैं और आपके जो बिगड़े काम है ये आज बनेंगे धन लाभ आज किसी भी समय हो सकता है अचानक से होगा सेहत के प्रति आज, आज आपको सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं और कुल मिलाकर के आज आप लोगों को अपनी राज की बातें किसी को शेयर नहीं करनी है उपाय के तौर पर चूंकि ढैया चल रही है वृक्ष राशि के जात को करना क्या रहेगा जल में थोड़ा सा गुड़ डालिए और लाल रोली डालिए और उसके बाद आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का ये मंत्र है इससे पीपल के वृक्ष पे चल चलाइए बढ़ते हैं आगे हमारी अगली राशि आती मिथुन राशि लेकिन उससे भी पहले आप लोगों से चूकी वादा किए हैं कि हम जो है कुंडली देखेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर देंगे फोन कॉल लेते हैं हेलो हेलो प्रणाम गुरु जी। हाँ जी राम राम गॉब लेना अच्छा जी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है आपकी हाँ बताइए डेट ऑफ बर्थ जी जी ताँग? ताँग टीक टीक दो जी टाइम टाइम है मिनट दोपहर के और प्लेस है देखिए गवर्नमेंट जॉब आपने जो क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट जॉब आपको 2022 के दो हजार बाईस मिलेगी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी पुलिस या सेना से रिलेटेड आपको कोई पद मिल सकता है अच्छा, हा, हा, हा। ठीक है जी तो तो सूर्य देव को नित्य अर्घ दीजिए और अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करना सीखिए माता पिता के चरण स्पर्श करिए गुरु के चरण स्पर्श करिए मिथुन मिथुन राशि राशि की ओर हैं कैसा रहेगा मिथुन वालों के लिए आज आपको अपने आसपास के लोगों से अति महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी लेकिन स्वभाव में जल्दबाजी रहने के कारण कम समय में अधिक ज्ञान पाने के चक्कर में प्राप्त किया ज्ञान भी भूल सकते हैं इसलिए ध्यान से सभी की बातों को सुनिए और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए कार्यक्षेत्र से स्वास्थ्य में और पेट संबंधी जो है उसमें दिक्कत आ सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मिथुन राशि के जातकों को तो आज आपको दशरथ के शनि स्रोत का पाठ करना रहेगा और हनुमान अष्टक का भी पाठ करना रहेगा कर राशि पर आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे दर्शकों आचार संगीता डिक्लेयर हो गई है और हम भी कुछ कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का राहुल गांधी जी की कुंडली का अखिलेश यादव जी मायावती जी ममता जी की कुंडली का तो तमाम लोगों के कुंडली का विश्लेषण करता है और प्लीज किसी प्रकार की आप कुछ शब्दों का प्रयोग मत करिएगा किसी भी पार्टी के राजनेताओं के लिए सभी लोग देखिए सम्मानित हैं वो अलग बात है कि आपकी वैचारिक कुछ और है और क्या है और निष्पक्ष रूप से हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि तर्कों के माध्यम से आप लोगों को समझाएं कि भविष्यवाणी इसी को कहते हैं देखिए हमने तमाम भविष्यवाणी भूकंप की भी की थी और ठंड की भी की थी इवन मार्च का अंतिम सप्ताह है और अभी भी बर्फबारी कहीं ना कहीं पेपर में सुनने को आ रहा पड़ रहा अभी चाइना में देखिए क्या कहते हैं बॉयलर कोई फटा है फिर ईरान में जो है कोई नाव वगैरह जो है बह गई है तो तमाम चीजें देखिए सत्य हो रही है ऐसा नहीं कि भविष्यवाड़िया हमारी सत्य नहीं हो रही है में डाल देते हैं तो जो चुनाव से लेकर भविष्यवाड़ी है कुछ निकला, इस पर हम दे रहे हैं। और ये देखिए एक मिनट आपको दिखाते हैं तमाम हम बैठ के बना रहे थे और है क्या दर्शकों देखिये ओवरऑल की हमने आपको एक साल पहले एक वीडियो डाला था नरेंद्र मोदी जी की जन्मकुंडली का विश्लेषण और खास करके कर्म क्षेत्र को हमने जो है मानक मान करके चार्ट चार्ट का का जो है दशांश उसमें हमने आप लोगों को बताया था तो उसमें ओवरऑल हमने कहा था कि चाहे जो हो आएंगे तो मोदी जी ही कहा था ना तो दर्शकों आज दिनांक 22 तीन 2019 फिर उसी चीज पर हम कायम है कि सरकार देखिए जो है नरेंद्र मोदी जी की बनेगी चूंकि समय जो धनु राशि है धनु राशि में केतु उच्च के हो गए हैं और है किसके साथ न्याय के अधिपति प्लेनेट शनि के साथ है तो केतु क्या है ध्वज पता है केतु धर्म है और शनि जो है न्याय का ग्रह है तो ये दोनों मिल करके कुछ ना कुछ जो है ऐसा जो है खिचड़ी पकेगी कि आएंगे मोदी जी साम दाम यथा संभव ये आएंगे सीटें कितनी आएंगी इस पर तो कोई वो नहीं कर सकता है कि एक कोई आंकड़ा बता दे लेकिन ये मान के चलिए कि फुल मेजॉरिटी में आएंगे और इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी ही बढ़ेगी ये आप लोग देख लीजिएगा चूंकि अभी तो चुनाव हुए नहीं है कोई भी चरण नहीं हुआ है ना अभी कोई रिजल्ट आया है आज बाईस मार्च को हम आप लोगों को ये बता रहे हैं आएंगे वो क्योंकि कुंडली में उनके प्रबल राजयोग बने हैं तो क्या करेंगे बाकी हरी इच्छा और एक हमारा देश सुख के मार्ग पर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो ऐसा हमें कोई जो है एक राजनेता चाहिए। खैर आप लोगों की जो भी मर्जी आप लोग स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं और जरूर आप लोग दीजिएगा अपने वोटिंग का प्रयोग जरूर करिएगा आपका वोट बहुत ही अमूल्य होता है चलिए दर्शकों ये तो थी कुछ पॉलिटिकल बातें कौन आएगा कौन नहीं आएगा और इस पर हम विस्तार से एक अलग से वीडियो बनाएंगे और सबकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे कर्क कर राशि की ओर बढ़ते हैं और ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही लिए गए डाटा है दर्शकों कोई जो है मतलब अथेंटिक तो डाटा हो लेकिन जो एक अनुमान लगाया जाता है इंटरनेट का जो डाटा है कुछ जो है वेबसाइटों के माध्यम से से लिया गया है तो ठीक ही होगा कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज का दिन आपको प्रतिकूल फल देगा आज आपका अथवा किसी परिजन का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने से मानसिक चिंता बढ़ेगी अतिरिक्त भागदौड़ से उचित समय नहीं दे पाएंगे जल्दबाजी में कार्य करने पर कुछ ना कुछ त्रुटि होने से विवाद की स्थिति होगी आकस्मिक खर्च बढ़ने से आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी परिजनों का व्यवहार भी आज आपका अनापेक्षित रहने के कारण मन दुखी होगा महत्वपूर्ण कामों में मार्गदर्शन लेकर के ही काम करिएगा नौकरी वालों को अन्य दिनों की तुलना में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों को तो कर्क राशि के जो हमारे जातक रहेंगे आज शिवलिंग पर आपको दूध में तिल डालकर के और मिश्री डालकर के चढ़ाना रहेगा सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं उससे पहले एक फोन कॉल लेते हैं हेलो हाँ जी सिंगर सिंगर कौन? हम्म हम्म। है संतान होटल पाँच अब दो हजार सोलह को हुआ है जी और मैं देखिए सत्ताईस जुलाई उन्नीस सौ नवासी है दिन शाम को सात बजे सात पांच मिनट जी भाई साहब संतान योग जो है ये 2019 के बाद ही होगी और बहुत बाधा आएगी राहु की चूकी महादशा चल रही है बाधा बहुत आएगी इसके लिए पूर्णिमा का व्रत उठाइए फुल मून और राहु के मंत्रों का आप स्वयं जाप करिए किसी से मत करवाइएगा आप खुद करिएगा ठीक है जी तो तो इसको आप करिए। ओके। okay. तो सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज का दिन कराएगा सिंह राशि के जातकों को आज दिन भर स्वास्थ्य उत्तम रहने से कार्यों को ज्यादा गंभीर होकर के आप करेंगे आज बिना सहयोग मांगे आपके काम सरलता से पूर्ण होंगे मध्यान्ह के समय नए अनुबंध मिलेंगे रहिएगा अन्यथा कोई अन्य आपकी लापरवाही का फायदा उठा सकता है भविष्य की आर्थिक योजनाओं में निवेश करने से आगे लाभ के मार्ग होंगे आज सरकारी कार्यो में जो है आप सफल होंगे उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे घर में वातावरण में पलपल बदलाव होगा संतानों की जिद के कारण आज बहुत दुविधा में आप फंसे हुए नजर आएंगे अशांति मानसिक रहेगी रिश्तेदारों से भेंट होगा और बाद में आनंद का वातावरण बनेगा आज मदिरापान से दूर रहिएगा कोशिश करके और उपाय के तौर पर सिंह राशि के जो जातक इनको करना ये रहेगा कि आज शनि कवच का आप लोग पाठ करिए गूगल से सर्च कर लीजिएगा और हो सके तो पीपल के वृक्ष पर जल में आज आपको काला तिल डाल करके और भगवान विष्णु के मंत्र से अर्पण करना रहेगा कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज का दिन आप चूंकि बहुत संतोषी स्वभाव के हैं बहुत ही ज्यादा आपके अंदर संतोष है तो आज का दिन आपका संतोष स्वभाव केवल दिखावा मात्र ही रहेगा अंदर ही अंदर उथल पुथल बहुत ज्यादा रहेगी आज अधिकांश कार्य बेमन से ही करेंगे जिसके फलस्वरूप परिणाम भी उसी अनुसार मिलेंगे धन पाने के लिए मन बेचैन रहेगा लेकिन ज्यादा तमझाम में नहीं पड़ेंगे आज की स्थिति को देखते हुए आज यह आपके लिए हितकर रहेगा आज आप जितना लाभ मिलना है बैठे बिठाए मिलेगा लेकिन दर्शकों आज के के साथ आपके आपके मधुर नहीं सहकर्मी एवं परिजनों प्रति आपको संकालु आपको दृष्टि से आज जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा स्थिति को संभालिएगा खर्च भी आज आपके नियंत्रण से बाहर रहेगा सेहत मामूली बातों को छोड़ सामान्य रहेगी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जात आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग गणपति स्त्रोत का पाठ करिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और शनिदेव के मंत्रों का आप संभव दो माला तीन माला चार माला कम से कम एक माला तो जबिए ही इसका आपको जाप करना रहेगा तुला राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए तो तुला राशि के जातकों आज आपका स्वभाव कुछ अटपटा रहेगा और शारीरिक चुस्ती दिन भर बनी रहेगी आज किसी स्वार्थवश आप लालच में आ सकते हैं और आज शत्रु पक्ष आप पर हावी होते हुए नजर आएंगे। आज आपके यश, कीर्ति और कार्यक्षेत्र में, कुछ कुछ में उच्चाधिकारी आप जो है खुश रहेंगे पदोन्नति की संभावना आपकी है किसी बहुप्रतीक्षित कार्य के पूर्ण होने से खुशी बढ़ेगी परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा संतान के ऊपर खर्च होगा संध्या का समय थकान भरा रहने वाला है मनोरंजन के साधनों पर आज आपका व्यय होता हुआ नजर आएगा तो तुला राशि के जातकों आज करना क्या रहेगा देखिए आज आप लोगों को जो है चंदन का तिलक लगाना रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि जो विकलांग लोग हैं जो अपंग लोग हैं उनको आज आप लोग खिचड़ी खिलाइए चलिए वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं तो आज का दिन प्रतिकूल रहने वाला है प्रत्येक दुर्घटना में चोट का भय है वाहन सावधानी से चलाइए संभव हो तो आज आप यात्रा टालिए व्यर्थ बहस से बचकर अपने लक्ष्य पर आज ध्यान केंद्रित करें प्रयास के बाद निकट भविष्य में सफलता अवश्य मिलेगी शरीर में नई पुरानी कुछ समस्या लगी रहेगी उपाय के तौर पर करना है क्या रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों को तो वृश्चिक राशि के जातकों को देखिए आज सबसे पहले उठ करके आपको हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी को सिंदूर के तेल में वो चमेली के तेल में माफ़ करिएगा चमेली के तेल में सिंदूर को डिप करना अच्छे से पेस्ट बनाना है और उसके बाद मन में श्री राम जय राम जय जय राम ये बोलते हुए आप उनको लेप करिएगा एक्चुअली मैं हनुमान जी जो लोग राम का सुमिरन करते हैं पाठ करते हैं हनुमान जी उनसे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं भाई ये आप करिए और सुंदर कांड यदि आज आप पढ़ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा धनुराशि की ओर आगे बढ़े उससे पहले देखिए फोन कॉल लेते हैं और फ़ोन कॉल अभी अभी कट गया है तो अभी फिर आएगा लेकिन सोच रहे हैं फोन कॉल ले लें और हेलोटी जी उन्नीस सौ है, है पाँच जनवरी जी 1999 उन्नीस सौ निन्यानवे टाइम क्या है टाइम है पाँच बजकर एक मिनट शाम के जी जन्म स्थान चंद्रपुर। ये पड़ता है। चंद्रपुर जी उसका कि उसके शुभ परिणाम कब मिलना चालू होंगे भाई साहब शुभ परिणाम आपको मिलेंगे चार जनवरी दो हजार बीस के बाद ऐसी चार जनवरी दो हजार बीस के बाद से। जी तो तब देखिए एक योग से से ही जो जो जो है है है जॉब के के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। कुंडली से तो जो है मतलब आपका होगा व्यापार के प्रति ज्यादा होगा और सोर्स ऑफ इनकम दो होंगे तो एक ग्रह को देख करके या दो ग्रह को देख करके जॉब का कर निर्धारण करना ये कोई नहीं कह सकता है बुधादित्य योग आपकी कुंडली में बना हुआ है नो डाउट सप्तम घर में बना हुआ है ठीक है और गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब जॉब लग सकती है क्या? के योग है, क्या? योग योग शिक्षा शिक्षा क्षेत्र क्षेत्र से से जुड़ा हुआ योग है। लेकिन अभी वर्षों का समय दिख रहा है। है है अच्छा अच्छा। जी। है जी। ठीक ठीक तो धनु राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज का दिन अनुकूल रहेगा आज आपके व्यवहार और आपकी कुशलता से सामाजिक व्यक्तित्व में आपके निखार होगा आज प्रत्यक्ष रूप से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है इसके साथ साथ आज आपको सेहत में अपने आपकी मुलाकात हो सकती है भेंट हो सकती है भविष्य में हो सके तो आज कुछ निवेश करते हुए नजर आएंगे जिसका निकट भविष्य में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा इसके साथ साथ शाम के समय आकस्मिक का योग है। पारिवारिक जीवन में धनु राशि के जातकों को मधुरता रहेगी परिवार जो है पर्यटन का अवसर आज आपको मिलेगा ठंडी वस्तुओं के सेहत जो है मतलब सेवन से आज आपको अपने आप को परहेज करना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज सुंदर कांड का पाठ करिए और हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए मकर मकर राशि राशि की बढ़ते हैं। कैप्टी कौन की ओर ओर बढ़ते कैसा रहेगा मकर के के जातकों लिए लिए आज का दिन। तो आज का का दिन दिन तो आपके लाभदायक सिद्ध होगा बीते दिनों से जिस कार्य को लेकर भागदौड़ कर रहे थे आज उसके पूर्ण होने की संभावना रहेगी आरंभ में आज भी कुछ ना कुछ व्यवधान आएंगे लेकिन निराश मत हुईगा कुल मिलाकर के आज आपकी विजय होगी व्यवसायियों को नए लाभ के अनुबंध मिलेंगे नए कार्य के के आरंभ लिए थोड़ी प्रतीक्षा करिएगा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से प्रलोभन दिया जा सकता है तो इसलिए आपको सतर्क रहिएगा अन्यथा धन एवं आपकी मानहानि होती हुई दिख रही है मातृपक्ष से माता की तरफ से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा उपाय के तौर पर करना यह रहेगा कि आज आप लोग विष्णु सहस नाम का पाठ करिए कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं उससे पहले बताना चाहेंगे कि बीस और इक्कीस को इंदौर आ रहे हैं तो आप लोग मिल सकते हैं और कुछ कमेंट पढ़ते हैं मोहन चौहान जी हैं राम राम मोहन जी और विष्णु जी हैं जे के माइंड न्यूज जय गुरुदेव जी की और किया बोस जी गुरु जी आपको लाइव कॉल कैसे करें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है छियानबे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं इसके साथ साथ अनिल कुमार जी हैं शेखर जी हैं विनय झा जी हैं रोहन जी हैं और सुबोध कुमार जी हैं और जो है गजल जी हैं आराधना सिंह जी हैं रवि भास्कर जी हैं हर्षा हर्षा जी हैं देखिए आप कॉल रिसीव नहीं करते नहीं हर्षा जी ऐसा नहीं है कॉल रिसीव करते हैं विक्रांत जी हैं आलोक सिंह सिंगर जी हैं और ममता शर्मा जी हैं टीटू कुमार सबके नाम पड़ती है जो है महेश राजू बीनल राजकुमार अनुपम राजू नायक श्रीकांत जी और महेश कुमार राय शिफ इंडिया बेंगलोर रॉय ओके महेश जी आप शिफ हैं विक्रांत जी हैं और बेनीराम साहू जी हैं तमाम दर्शक हमारे जुड़े हुए आप सभी लोगों को हमारा हाथ जोड़ करके बहुत बहुत प्रणाम कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज के दिन कुछ भाग को छोड़कर शे जो है से सारा दिन शांति से बीतेगा आज आपका ध्यान आध्यात्मिक एवं गुण रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित होगा आज व्यस्तता के चलते आप घर परिवार में किसी को समय नहीं दे पाएंगे कहीं एकांत की आज आप तलाश करेंगे किसी बुजुर्ग के सहयोग से लाभ होगा नौकरी पेशा जातकों को आज अधिक कार्य जो है अधिक कार्यभार से असहिजता अनुभव होगी स्त्रियों को आज पुत्र का सहयोग होगा आज आपके घर में कोई नए मेहमान का आगमन हो सकता है किसी के ऊपर अति जो है विश्वास मत करिएगा हानि कर जो है करा सकते हैं कोई पुराना रोग उभरता हुआ दिख रहा है प्रातः काल से यात्राओं का योग बना हुआ है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कुंभ राशि के जातकों को तो कुंभ राशि के जातकों आज आप लोग शिवलिंग पर दूध से और शहद से अभिषेक करिए उसके बाद शुद्ध जल से रुद्राष्टक के पाठ से भगवान भोलेनाथ को अर्पण करिए उनको नहलाइए नमामी रुद्राष्टा का पाठ गूगल करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा मीन राशि तो रहेगा, रहेगा। अतिक्रोध एवं पेट की समस्याओं से ग्रसित रहेंगे जिससे कार्य करने का मन नहीं करेगा घर अथवा कार्य पर किसी से पुरानी बात को लेकर विरोध उभरेगा मानसिक अशांति का असर कार्य व्यवसाय पर पड़ेगा आस के लोग भी आपकी सोच के विपरीत गुस्से को बढ़ाएंगे झगड़ों में, में, में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है प्रातः काल से आज आपको अल्प दूरी की यात्राओं का योग है और किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आज आते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर कन्या का रहेगा तो पीपल के वृक्ष में दूध में मिश्री से अर्घ दीजिएगा तो लक्ष्मी की आज आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी और शाम को एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्मुखी आपको दिया जलाना रहेगा और वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा तो सभी ग्रहों के दोषों से मुक्ति हो जाएगी तो दर्शकों हमारा ये राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए और हाँ दर्शकों इंदौर में मिलना ना भूलिए उसके बाद हमारा गुजरात का भी प्रोग्राम लगा है तो दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और एक बार सभी आप लोगों को पुनः जो है बहुत बहुत आभार कि आप इतना प्यार दे रहे हैं और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए इतनी मेहनत से राशिफल बताते हैं तो लाइक तो बनता ही है और कमेंट भी कर दीजिए और इस वीडियो को वहीं से आप लोग जम के ज़रूर शेयर करिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तब तक के लिए नमस्कार शुभ रात्रि।